जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में चलिए तो हम लोग देख चुके थे कि पिछले वाले वीडियो में कि हमने आवर साड़ी के परिचय करवा दिया था और हमने बताया था कि आवर साड़ी में कितने आपके आवर्त होते हैं कितने आपके वर्ग होते हैं ये बन में बता दिया था ठीक है तो आज आप हम लोग चलेंगे आगे तो आगे का जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे हमने बताया था ब्लॉक वाइज़ हमें, हमें चलना है कैसे ब्लॉक वाइज हमें चलना है तो ब्लॉग के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं और आगे इसके बाद उप और इसके जो कोस और के बारे में भी जानेंगे तो देखिए यहाँ तक हमने जान लिया था कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है इसका आविष्कार मोजरे ने किया था जो आधुनिक आविष्कार है ठीक आधुनिक पीरियोडिक टेबल चल रही है तो उसमें हमने बताया कि आपके सात आवर्त में पहला जो आवर्त था सबसे छोटा आवर्त था ठीक है इसके बाद जो दूसरा तीसरा था ये लघु आवर्त था चौथा पाँचवा था ये आपका लॉन्ग आवर था ठीक है और जो छठा आवर था सबसे ज़्यादा बड़ा यानी लॉन्गेस्ट आवर था और जो सातवां था ये आपका अधूरा था ठीक है इसके बाद मैंने वर्ग के बारे में बताया था कि आपके जो वर्ग हैं आपका पहला वर्ग आपका छारी मृदा छारी धातु था दूसरा छारी मरदा वर्ग था ये आखिरी गैसों का था इस तरीके से सभी वर्गों के सातवाँ ये जो आपका सतवां वर्ग था ये आपका हेलोजन्स का वर्ग था इस तरीके से मैंने अधिकतर वर्गों के बारे में बता दिया था पिछली क्लास अभी आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन पर क्लिक करना है आपको वहाँ से आपको पिछली क्लास आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ब्लॉक वाइज यहाँ पे ब्लॉक के आधार पर आ, कैसे बांटा गया है इसको चार ब्लॉकों में बांटा गया है हर साड़ी को कौन कौन से हैं देखिए है। आपके ब्लॉक हैं चार कौन कौन से एस पी डी एफ कहाँ मिलते हैं S आपके यहाँ मिल जाता है पहले दूसरे वर्ग में और यहाँ पर आपको जो पी, -पी ब्लॉक है आपको यहाँ पे छठे से तेरहवें से लेकर अठारहवें वर्ग तक मिल जाता है और जो डी ब्लॉक है आपका यहाँ पे बीच में यहाँ से तीसरे से लेकर बारहवीं तक मिल जाता है जो एस ब्लॉक है आपको यहाँ पर मिल जाता है इतनी सी बातें के ना बारे में जानते हैं तो विशेषता देखिए विशेषताएँ क्या है कि आप ये पहला जो पहला दूसरा वर्ग है ये एस ब्लॉक से संबंधित है और इसमें जो पाए जाते हैं इसमें सभी के सभी जो है तो धातु पाए जाते हैं कैसे हमने बताया छारी धातु और मृदा धातु लेकिन उसमें एक लोचा है क्या है कि एक जो हाइड्रोजन है आवारा तत्व जो वो बीच में घुसाया है और उसको उपधातु धातु सॉरी आधातु की संख्या दी जाती है क्या उसको आधातु और वो किस फॉर्म में गैसी फॉर्म में है तो याद रखेंगे कि जो पहला और दूसरा जो वर्ग है ये छारी धातु एल्कल मेटल और एल्कलाइड्स ठीक है इसके दो वर्ग हैं और इसमें से जो अपवाद है उसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं ठीक तो इतनी सी चीज़ें जान गए होंगे तो देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं पी ब्लॉक पर पी ब्लॉक पर देखा जाए तो आप कहाँ पर आते हैं आपके बाएँ आवरसाड़ी में इधर से देखा जाए तो ये बायां है ये दाया ठीक तो दाया पार्ट में देखेंगे साइड में आपको बहुत सारे तत्व देखने को मिल रहे हैं इन्हीं को पी ब्लॉक बोलते हैं तो पी ब्लॉक की जो विशेषता है वो क्या है पी ब्लॉक में से थर्ड से लेकर के अठारहवें यानी शून्य वर्ग को भी शामिल किया गया कुल छः आपके वर्गों को शामिल किया गया है इसमें पी ब्लॉक में तो इसमें क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉक है क्यों है क्योंकि इसमें एक प्रकार से केमिस्ट्री की जान शान है सब कुछ है ये ब्लॉक क्यों है क्योंकि इसमें अक्रिय गैसें भी आ जाती हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन ये बनते हैं दूसरे आपके आपके धातु भी शामिल हैं और उपधातु भी शामिल हैं तो अभी आधे से ज़्यादा चीज़ें आपने जान ली है क्या कि धातु उपधातु और अधातु और अक्री गैसे सब के सब किस्में इसमें शामिल हैं तो ये सब चीज़ जाने गए हैं अगर इतनी चीज़ें जान चुके हैं तो अब आप हमें ये बताइए कि क्या आप धातु जानते हैं क्या आप मेटल जानते हैं ठीक अगर नहीं जानते हैं तो अभी हम बताते हैं देखिए तो अब इसमें ये इस सब हो गया है इसके बाद चलते हैं डी ब्लॉक में तो डी ब्लॉक क्या है तो डी ब्लॉक देखिए बीच में देखने को मिलेगा ये इस तरीके से ये दो पैरेलल हो गए बड़े बड़े हो गए यहाँ पे, ठीक इसके बाद ये डी ब्लॉक तो डी ब्लॉक जो है इस संक्रमण धातुओं को प्रदर्शित करता है संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिश ट्रांजिशन तत्व होते हैं जो कि परिवर्तनशील होते हैं ठीक इसको हम बदल सकते हैं तो इसमें क्या है इसमें सभी सभी धातु ही हैं क्या धातु ही हैं लेकिन यहाँ पे भी एक लोचा है क्या है कि जो Hg जी यानी पारा है वही तो दिक्कत करता है पारा क्या है पारा एक आपकी धातु है लेकिन कैसी तरल अवस्था में रहती है यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है उसको हम जमा नहीं सकते ठीक तो आपने डॉक्टर वगैरह का जो थर्मामीटर होता है उसमें भरा जाता है क्या पारा भरा जाता है ये पता होगा ना तो इतनी सी चीज़ें होंगी इसके बाद चलते हैं एफ़ ब्लॉक में तो so F ब्लॉक में क्या है कि आपके जो परमाणु क्रमांक सत्तावन से लेकर परमाणु क्रमांक इकहत्तर तक कितना है से इकहत्तर तक आपके लेंथेनाइट्स होते हैं क्या होते हैं लेंथे होते हैं जिनको छा जिनको क्या कहते हैं छारी या है, सॉरी दुर्लभ मृदा के नाम से जाना जाता है किसके दुर्लभ मृदा इसके बाद आपका जो परमाणु क्रमांक एट्टी से लेकर एक तक है वो आपका ठीक एक्टेनाइट के नाम से जाना जाता है क्या हो गया एक्टेनाइट तो सबसे पहले आप फिर आप्टैटिक इस तरीके से इन दोनों के अब यहाँ पे कुछ लाल पीले हरे नीले ये कलर देख रहे हैं कलर कोडिंग क्या है तो भैया कलर कोडिंग का ही मतलब है कि ये धातु होगा या आधातु होगा ये उपधातु होगा ये गैस ही होगा तो अलग अलग कोडिंग दी गई है तो देखिए ये जो कोडिंग है कलर कोडिंग को अभी पढ़ते हैं बाद में पहले हम इन चीज़ों को जान लिया आपने तो देखिए अब आगे जो है वो इस तरीके से हम हमें देखना है कि यहाँ पे ये गैस हैं क्या है ये गैस यहाँ पे पूरी टोटली गैस नहीं है यहाँ पे जो आपका अठारहवा वर्ग फुल्ली गैसेस है कैसी आक्रिय गैसों से संबंधित है ये यह आपके यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आइटनिन और टैसनिन यानी यहाँ पे फ्लोरिन क्लोरिन ठीक और ये यह सभी यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर यहाँ पर आपको आधातु मिलते हैं नॉन मेटल मिलते हैं कुछ आपके ये जिग जैक जो श्रेणी बन रही है इसको पढ़ना यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है ठीक है तो देखिए यहाँ से जो जिग जैग श्रेणी बनती है यहाँ से क्वेश्चन ही आते हैं जब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है उपधातु का किसका उपधातु का आता है वो तो कहता है कि जर्मेनियम और आर्सेनिक एक किस प्रकार के तत्व हैं तो ऑप्शन में देता है धातु उप धातु या क्री ठीक है तो आप आंसर करेंगे क्या उपधातु होते हैं ठीक है यानी कि मेटोलाइट्स होते हैं ठीक है क्या होते हैं मेटोलाइट्स होते हैं अब थोड़ा सा धातु उपधातु और आधातु के बारे में मेटल नॉन मेटल और मेटोलाइट्स के बारे में जानते हैं क्या होते हैं ये सब चीज़ें क्योंकि आवर साड़ी में इन्हीं तीनों का बहुत अहम रोल है तो देखिए भाई क्या है धातु उपधातु और अधातु तो मैटल की बात अगर करें हम इसको धातु बोलते हैं तो ये धातु होते हैं यानी मेटल होते हैं ये चमकदार होते हैं कैसे होते हैं चमकदार होते हैं जैसे आपके पास ये सिक्का है ठीक ये सिक्का है इस पर अगर लाइट पड़ेगी तो ये चमकेगा और यदि ये, ये आपस में टकराएंगे तो ये आवाज़ करेंगे ठीक है ये विशेष गुण होता है कि नातुओं में? में ठीक है और इसमें जो तो आघात वर्धनीयता होती है यानी कि इस पर इसको यदि हम रेल की पटरी में रख दें तो इसका आकार बढ़ जाएगा ठीक तो ये चौड़ा हो जाएगा तो इसमें आघात वर्धनीयता होती है इसको हथौड़े से ठोकेंगे तो ये बढ़ेगा ठीक है और इसमें जो तो सुचालकता होती है क्या होती है सुचालकता होती है अगर आप सोचें कि हम इसको जो तो लाइट में प्लग में लगा के इसको कुछ कर लें ठीक है कुछ है? तो ये करंट मार देगा यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई दूसरी बात करते हैं नॉन मेटल की नॉन मेटल ठीक है तो इसको कहते हैं अधातु क्या कहते हैं अधातु कहते हैं तो अधातु जो होते हैं इनकी विपरीत है धातुओं से विपरीत व्यवस्था है कैसी है जैसे आपके पास ये मार्कर है ठीक ये मार्कर है ये मार्कर है अब इनको खूब आप आपस में जो तो आ, ये पहली बात पहली चीज़ तो ये चमकदार नहीं होते कैसे नहीं होते चमकदार नहीं होते ठीक दूसरी बात यह है कि ये आपस में टकराने से बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करते जैसे ये बोर्ड है ठीक ये बहुत ज़्यादा एकदम कर्कश आवाज़ ध्वनि नहीं करता ठीक है और ये जो है तो सुचालक नहीं होता कैसा सुचालक नहीं होता है अब सुचालक और कुचालक यदि आप नहीं जानते तो समझ लो जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो सुचालक होते हैं जिनमें नहीं होता है आसानी से वो कुचालक होते हैं और जिसमें बिल्कुल नहीं होता है वो क्या होते हैं कुछ अलग कहलाते हैं ना तो जिसमें कुछ कुछ हो जाए वो अर्धचालक हो जाते हैं वो उसके आगे बता देंगे भी तो इस तरीके से जो मेटल नॉन मेटल हो गए और बात करते हैं किसकी मेटोलाइट्स यानी आधातु हो गए धातु हो गए उपधातु यहाँ पर उपधातु बोलते हैं इसको इसको कहते है हैं मेट्राइड मेट्रोलाइट्स जो होते हैं आपके ये जग वाली सीरीज़ है ये तो इसमें क्या होता है इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो मेटल भी हैं और नॉन मेटल भी हैं ठीक बीच वाले होते हैं ठीक जैसे आपके तीन जेंडर होते तो हैं मेल फीमेल और है ना ट्रांसजेंडर तो इसी तरीके से ये भी है इसमें कोई अपना धातु का घुड़ा नहीं होता है या तो धातु का रहा हुआ में या आधातु का रहा लेकिन इसमें थोड़ा धातु में दो थोड़ा उपधातु में दो सॉरी आधातु में दो तो ये क्या बन जाएगा ये भी धा उपधातु श्रेणी में स् आ जाएगी जैसे आपने सिलका उठाया क्या उठाया सिल्का उठा लिया या सिल्कॉन इसी कहते हैं इसको उठा लिया ठीक है तो इसमें हमने क्या मिला दिया इसमें हमने सिल्का है जर्मेनियम है ठीक आर्सेनिक है इनमें से उठा के हमने सिलकॉन को उठा के हमने इसमें आ, मिला दिया क्या जर्मेनियम मिला दिया सिलकॉन जर्मेनियम कर दिया सुचालक हो जाते ठीक है एक दूसरे के सहयोग से सुचालक हो जाते और इनमें धातु कुछ गुड़ आ जाता है जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी चिप सर्किट्स होती हैं सभी के सभी किससे उपधातु से ही बनी होती हैं ठीक है तो ये आपके सब चीज़ें होंगे भैया अब आपने यदि इतना सी चीज़ें सीख ली हैं तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो अपना है कोस ठीक सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सेल क्या होती हैं सेल ठीक ये आपका नाभिक पहले जान लो ये आपका नाभिक तो नाभिक का अगर देखा जाए तो इस तरीके से एक गोला होता है एक अंदर ठोस गोला होता है इसके नाभिक के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं ठीक है और यहाँ पर जो खाली जगह रहती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्या मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एक हो गया प्रोटान हो गया न्यूट्रॉन ठीक इस तरीके से इन तीनों के बारे में जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ये निगेटिव होता है कैसा होता है ये निगेटिव चार्ज होता है इस पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये आपका कुछ नहीं होता है ठीक है इस पर कोई चार्ज नहीं होता आवेशहीन होता है तो ये इतनी चीज़ जान के अब इसके खोजकर्ता भी जान लो, जो खोजकर्ता होते हैं इसके देखिए ये इलेक्ट्रॉन के जो होंगे आपके टॉम्सन जी हैं और प्रोटान के आपके रदर जी हैं ठीक है इसके बाद न्यूट्रान के आपके जेम्स चैडविक हैं कौन है जेम्स चैडविक जी हैं ठीक तीस चीज़ें आपको याद करनी है जेम्स चैडविक हो गए किसके न्यूट्रॉन के रदरप प्रोटॉन के टॉम्सन हो गए इलेक्ट्रॉन के ठीक तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है क्लियर तो है? तो न्यूट्रॉन के नाभिक के अंदर कौन कौन पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटान ठीक क्वेश्चन बनता है नाविक के अंदर कौन कौन पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटान जिसमें आपको पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा किस प्रकृति का है धातु है या धातु है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो नेगेटिव है ठीक और न्यूट्रॉन कैसा है न्यूट्रल ही है जिसके नाम से जाहिर है प्रोटॉन आपका पॉजिटिव में है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए इसके लिए एक ट्रक बन जाती है ईट पर नाच आप सब कुछ जानते हैं ईट पर नाच ये तो आपने बहुत पहले पढ़ ली, ली होगी तो यहाँ से इसे इलेक्ट्रॉन टॉन्सन इसे प्रोटान वेदर फोर नाच से न्यूट्रॉन चैटवे ठीक तो ये इतना याद रख लेंगे चलिए तो इस ये चीज़ें हो गई अब चलते हैं इसके नाविक पर किस पर नाविक पर चलते हैं तो कोई एक तत्व हम ले लेते हैं क्या ले लेते हैं एक तत्व तो ले लेते हैं जैसे हमने ले लिया आ, सोडियम ले लिया ठीक सोडियम ले लिया सोडियम करवाण कितना 11 होता है ठीक कितना होता है 11 होता है और मान लो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है क्या करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है बनाना है तो हम जानते हैं दो आठ और एक होता है होता है ठीक तो इसको करते कैसे हैं तो हमने ये कक्षाओं में इनको भरना है ठीक सेल में इसको लगाना है तो इसके लिए कितने कितने कोर्स बनेंगे कितनी सेल तीन सेल बनाने पड़े क्यों क्योंकि यहाँ पे ये एक दो तीन तीन पार्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है तो एक दो और तीन इस तरीके से रहेंगे और इसमें कुल मिलाकर चार आपके कोर्स होते हैं ठीक है कितने कोस जो आपके सेल होते हैं चार होते हैं कौन कौन से होते हैं के एल एम और एन ये चार होते हैं इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है इसमें दो भर सकते हैं इसमें आठ इसमें 18 और इसमें 32 भर सकते हैं ये इनकी क्षमता है ठीक है अब ये इलेक्ट्रॉन है और हमको कोसम भरना यानी ये नाभिक के इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इसको नाभिक में भरना तो हम जानते हैं कि आपके जो के है इसकी कितनी क्षमता दो तो यहाँ पर के हो चुका है इसके बाद आपके इसके बाद यहाँ पे आठ भर जाएंगे तो दो तीन चार पाँच छः सात और आठ इस तरीके से आठ हो गए इसके बाद आपके जो बाहरी बाह्यतम कक्षा है इसमें क्या है इसमें, क्या है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका भरा जाएगा वैसे इसकी क्षमता कितनी 18 होती है लेकिन इसे भर कितना सकते भी एक ही भर सकते क्योंकि व्यतन कक्षा में एक है ठीक तो ये अब ये क्या है ये इलेक्ट्रॉन है भैया अभी जैसे बताए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या मूव करते हैं ये हमेशा घूमते रहेंगे ठीक है और ये क्या करते हैं अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं ये एक साइड घूम होगा तो एक साइड होगा ठीक थ्रेस साइड होगा तो ये आपस में विपरीत दिशाओं में घूमा करते हैं और इसके बाद जैसे किसी किसी संख्या का हमें परमाणु क्रमांक दे दिया है परमाणु भार दे दिया है ठीक तो इसकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की हम संख्या निकाल सकते हैं जो कि फार्मूले से हम भी जान सकते हैं और ऐसे भी हम जान सकते हैं ठीक तो परमाणु क्रमांक संख्या इस तरीके से होगी और इसका जो परमाणु भार होता है वो लगभग इसका दोगुना हो जाता है ठीक है तो परमाणु भार इसका कितना होता है तेईस होता है तेईस पॉइंट लगभग है तो ये आपका डायग्राम ऐसे बनेगा अब इसके बाद चलते हैं एस पी डी एफ जैसे कि ब्लॉग पढ़ के आए थे तो यहाँ पे देखिए जो पहला होता है एस पी डी एफ ठीक अब ये, ओ, कोस हैं ये कोस हो गए ये क्या हो? कोस हो गई इस सेल हो गई आपकी क्या होगी? गई सेल हो गई आपकी अब इसके बाद आएगा सब सेल क्या आएगा सब सेल सब सेल जब आएंगे तो इसमें क्या होगा सब सेल में ये सब सेल एस पी में भरा जाता है सब सेल को ठीक है तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें हम सब सेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे आपको वीडियो देखकर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा लिंक ले सकती है आपको या फिर आई बटन में क्लिक कर दीजिए ऊपर का आई बटन में आपको ये मिल जाएगी तो गाइज़ आपको ये पूरी सीरीज़ मैं ऐसी तरीके से देता रहूँगा साइंस की आपको साइंस में जितने भी क्वेश्चन आप आवर्साड़ी से बनेंगे अगले पार्ट में हम क्वेश्चन वाइज पूरा लेके आएंगे कि ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम पक्का क्वेश्चन आए हुए होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो यहीं तरह इसके रखते हैं इस क्लास को और इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी अगले टाइम पर ठीक है चलिए धन्यवाद जय हिंद